कि जंजीरों में बंधे थे मेरे भाई अब हमने वो तोड़ दी कि जंजीरों में बंधे थे मेरे भाई वो हमने तोड़ दी और अब आराम से सोया करेंगे क्योंकि हमने मोहब्बत करना छोड़ दी